तो so, भाई इस वीडियो से मिलने वाला आपके एक और रिडीम कोड जिससे आप रिडीम करके काफी सारे ओपी लेवल के रिवार्ड्स पा सकते हैं रिवार्ड्स में आपका ग्लू बॉल की स्क्रीन हुई और भी काफी अच्छे अच्छे इमोट्स हुए ठीक है तो इस ये सब आपको मिल सकता है तो रिडीम कोड को मैं टाइप कर लेता हूँ और ये मैंने रिडीम कोड को टाइप कर लिया है और ये रिडीम कोड आप सभी को ही मिलने वाला है ठीक है तो मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और ये ओ भाई साहब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका है यानी ये रेडीम कोड रियल है तो राह सवाल आपको रेडीम कोड मिले कैसे तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ साथ बेलाइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है ठीक है ये तीन काम आपको करना है और दोस्तों फ्री फायर गेम में अभी तीन न्यू इमोड्स आने वाले हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका पिक कुछ इस प्रकार के इमोट होने वाले हैं और भाई लोग 30 तारीख यानी कल आपको याद से लाइव स्ट्रीम को देखना है अगर आप फ्री फायर लवर हो तो आप जरूर लाइव स्ट्रीम को देखना क्योंकि यार साढ़े चार लाख की लाइव वाचिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको काफी अच्छे अच्छे इमोट्स और ग्लू वॉल की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी इसलिए यार मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग साढ़े लाख की लाइव वॉचिंग कम्प्लीट कर देंगे अगर आप लोग अगर लाइव स्ट्रीम देखोगे तो दोस्तों हमारे पिछले वीडियो का गिवे के विनर ये दोनों भाई बन चुके हैं तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और हाँ आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन और मैं अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको रेड्यूम कोड दे दूंगा इसलिए जल्द से जल्द जल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो वैसे मैंने आप लोगों को मेल कर दिया है और दोस्तों आप लोग मुझे शिकायत करते हो कि भाई आप इंस्टाग्राम के मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो तो यार मैं क्या कर सकता हूँ डेली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लेकिन अब चिंता मत करो मैं धीरे धीरे सभी की रिप्लाई देने का ट्राई कर रहा हूँ और दोस्तों आज की वीडियो का शॉर्टकट जाता है ये सभी भाइयों को तो अगर इनका कोई चैनल है तो यार इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो इन्हें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो और दोस्तों इस वीडियो में आपको जो रिडीम कोड मिला है वो पब्लिक रिडीम कोड नहीं है पब्लिक रिडीम कोड जल्द ही हमारे चैनल पे आने वाला है ये रिडीम कोड लिमिटेड है इसलिए जो पहले वीडियो देख लेगा वो रिडीम कर लेगा इसलिए अगर आपका रिडीम नहीं होता तो टेंशन ना लो यार कमेंट आप कर दो मैं आप कमेंट बॉक्स में रिडीम कोड को देता हूँ